बीजेपी महिला मोर्चा ने नारी सम्मान में कार्यक्रम रखा जिसमें पूर्व विधायक तारा बावरिया ने कमलनाथ पर हमला बोला और पूर्व विधायक ने कहा कि कमलनाथ ने हमेशा बहन बेटियों का अपमान किया है वह ना तो सरकार में हैं, ना तो शासन में हैं, फिर किस हिसाब से महिलाओं का बायोडाटा ले रहे हैं बीजेपी महिला मोर्चा का कार्यक्रम परास में हुआ है पूर्व बीजेपी विधायक ताराचंद बावरिया सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने शिरकत की पूर्व विधायक ने कहा कि कमलनाथ सिर्फ महिलाओं का अपमान करना जानते हैं हवाला कांड में जब कमलनाथ का नाम सामने आया तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया था लेकिन जैसे ही अदालत ने उन्हें हवाला कांड कर दिया तो नाथ ने पत्नी का इस्तीफा दिलवाकर स्वयं सांसद बन गए जब इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी तक का सम्मान नहीं किया तो फिर बाकी महिलाओं का क्या सम्मान करेगा ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं ताराचंद बावरिया ने कहा कि कांग्रेस ना तो सरकार में है और न शासन में फिर भी ये लोग किस हिसाब से महिलाओं का फॉर्म भरा रहे हैं मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं उन्नीस तो से पचासी से छिंदवाड़ा जिले की धरती पे कांग्रेस का प्रत्युत कर रहा है झूठे बाधे झूठी लुवाओं ने झूठी घोषणाएं, भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा ये बात भी कांग्रेस के लोग अपनी दिशा को बदलने का काम नहीं कर रहे लेकिन जब छिंदवाड़े जिले की जनता ने उनको सांसद बना दिया और एक अवसर ऐसा आया कि हवाला कांड कांड हुआ और हवाला कांग्रेस ने कमला अभी पत्नी को टाया जिले की जनता ने उनके नाम पर उनको वोट दे दिया लेकिन जैसी हवाला कांड फरी होते हैं तो वो पत्नी का रजान कराकर नारी शक्ति का अपमान करते हैं और अपमान करने के बाद